दुनिया की मशहूर चाइना वॉल को कौन आज नहीं जानता लेकिन क्या आप जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और कहा जाता है कि इन सबको वॉल के अंदर ही दफना दिया यानी कि इस वॉल में जितना पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है उतना ही इस्तेमाल इंसानी कंकालों का भी किया गया है हालाँकि इसका पूरी तरीके ऐसी कोई भी प्रूफ नहीं है no. लेकिन ऐसे ही माना जाता है क्योंकि इसे बहुत ही ज्यादा जल्दी बनाया गया था इसलिए मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए उसके पास वक्त नहीं था तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना